क्या आपको पता है संसद भवन में उल्टे पंखे क्यों लगाए जाते हैं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको तो पता ही संसद भवन की छत बहुत ऊंची होती है इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा डंडा लगाना किसी को सही नहीं लग रहा था इसलिए फिर सेंटर हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखकर अलग से खंभे लगाए गए, गए और उन पर उल्टे पंखे लगाए गए थे इससे ऐसा करने से संसद की कोने को अच्छे से फैल जाती है और वहाँ बैठे लोगों को राहत मिलती है बाकी आपको जानकारी के लिए कमेंट